अर्जुन एक अच्छा धनुर्धर था उसकी धनुष विद्या की चर्चा हर जगह होने लगी पर एक वक्त ऐसा आया जब उसे अपनी धनुष विद्या पर कुछ ज्यादा ही गुमान होने लगा हर केशव तो हमेशा ही पांडव का नेतृत्व करते थे इसलिए उन्होंने अर्जुन से एक सवाल पूछा कभी तुमने गंगा जल को मुट्ठी से उठाया है या अंजलि ऐसी है केशव ये कैसी थी है मुठ्ठी भर कर को कोई अपने मस्तिष्क पे लगा सकता है भला गंगा को अपने मस्तिष्क पे लगाने के लिए तो अंजलि ही भरनी पड़ती है फिर तुम ही बताओ पार्थ कि इस गंगा रूपी धर्म स्थापना में तुम्हें अपने अहंकार की मुट्ठी बांधनी है या परोपकार की अंजुली इसमें कृष्ण अर्जुन को सिर्फ ये बताना चाहते थे कि उसने अपनी विद्या का घमंड किया तो उसके साथ कोई खड़ा नजर नहीं आएगा और जो उसने अपनी विद्या का परोपकार में इस्तेमाल किया तो सारी दुनिया उसके साथ नजर आएगी पूरी घटना का सार बस इतना था की अगर आपने घमंड की तो आप कंगाल रह जाओगे और जो आपने परोपकार का साथ दिया तो अच्छे लोग आपके साथ खड़े नजर आएंगे